नमस्कार दोस्तों सभी का मिस्टर फैक्ट लिस्ट के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है आप सभी हमारे भविष्य को जानने में बहुत रुचि रखते हैं इसीलिए आज मैं आपको आज से लेकर अगले 10, 30, 50 और 100 साल का भविष्य में टाइम मशीन के जरिए आपको बताऊंगा तो ये है हमारा टाइम मशीन तो बने रहिए इस वीडियो में अब 2020, 10 साल बीतते ही काफी कुछ बदल चुकी है बुलेट ट्रेन कुछ महानगरों को एक दूसरे से जोड़ने लगे हैं। ऑटो पायलट कार का आविष्कार भारत में हो चुका है कुछ सालों में चलने भी लगेंगी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तार पर चलने वाली टैक्सिया यानी कि केवल टैक्सी भी कुछ बड़े शहरों में चलने लगे है ट्रैफिक को कम करने के लिए रिक्शा चलने बंद हो चुके हैं बस भी एयर कंडीशन हो चुके हैं मेट्रो ट्रेन भारत के लगभग सभी राज्यों में चलने लगे हैं अब चलते हैं समय में और आगे सन 2050 काफी बदलाव आ चुका है दुनिया में सभी कार्य रोबोट्स के द्वारा होने लगे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते विश्व की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है भारत की जनसंख्या 180 करोड़ के पार पहुंच गई है वहीं विश्व की जनसंख्या 1000 करोड़ पर पहुंचने वाली है भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मुल्क बन चुका है भारत में ऑटो पायलट मोड की कार चलनी शुरू हो गई है तो बढ़ते हैं समय में और आगे सन इक्कीस सौ दुनिया इतना ज्यादा डिजिटल हो चुका है कि इंटरनेट तो बाबा आदम के जमाने का हो चुका है यहाँ तो यूज होता है गाड़िया हवा में उड़ती है यहाँ इंसान से ज्यादा रोबोट्स दिखते हैं तरह तरह के गैजेट आ चुके हैं अब साक्षरता रेट एक सौ फीसदी और बेरोजगारी शून्य हो चुका है भारत में पूरी जनसंख्या सहरी हो चुकी है अब लोग मंगल ग्रह पर बसने शुरू हो गए हैं तो यही था हमारा भविष्य वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद